पिछले एपिसोड में हमने आपको पुलित से और विशरवा की कहानी बताई अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पुलित से विशर्वा और कुबेर के बारे में क्यों बता रहे दरअसल कुबेर के पिता विशरवा ही दशानन रावण के भी पिता थे लंका की ऐसी कोई भी गाथा नहीं जो विशरवा के नाम के बिना शुरू ना हो तो विशरवा कैसे बने दशानंद के पिता और एक ब्राह्मण का बेटा कैसे बना सबसे भयानक राक्षस यहीं से शुरू होती है दशानंद रावण की जन्मकथा सुनिए देवताओं और राक्षसों की लड़ाई बार बार होती रही स्वर्ग को देवताओं से छीनने के लिए राक्षसों ने कड़ी तपस्या की राक्षस सिर्फ ब्रह्मा जी और शिवजी की ही पूजा करते थे उनकी पूजा और मंत्रों में इतना बल होता था कि ब्रह्मा जी और शिवजी वरदान देने को मजबूर हो जाते थे मन चाह वरदान पाकर राक्षस अपनी मनमानी करने लगे इंसान हो या जानवर या फिर स्वर्ग में बैठे देवता सबको परेशान करने में राक्षसों को बड़ी खुशी मिलती थी देवता अपने ही स्वर्ग में डर डर कर रहने लगे सबने मिलकर सोचा कि राक्षसों के उत्पात का अंत होना चाहिए लेकिन करें तो क्या करें जब तक ब्रह्मा जी और महादेव राक्षसों को वरदान देने नहीं छोड़ेंगे उन्हें बल मिलता रहेगा और इतिहास गवाह है कि राक्षसों की शक्ति जब जब बढ़ी है वो देवताओं इंसानों और जानवरों को सताते ही रहे हैं इन्हीं सब विचारों से देवता परेशान थे उस समय जिन महाबलशाली राक्षसों ने तीनों लोगों में उत्पात मचाया था वो तीन भाई माल्यवान सुमाली और माली थे जिन्होंने पूजा यज्ञ और तप करके देवताओं जैसी शक्तियां हासिल कर ली थीं इन्हीं वरदानों के बूते पर वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से अपने लिए रहने की जगह मांगने जा पहुंचे राक्षस भाइयों ने कहा ऐ विश्वकर्मा आप सभी देवताओं के लिए रहने की जगह महल बनाते आए हैं हमें भी कोई ऐसी जगह बताइए जहां देवता ना पहुंच सके और हम अपने राक्षस वंश को आगे बढ़ा सके तब विश्वकर्मा ने राक्षसों को त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी लंका नगरी भेजा तब से ही लंका राक्षसों की नगरी बन गई लंका जाकर राक्षसों ने और तब किए और अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली फिर सबसे पहले राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया देवता हार गए और डरे सहमे देवता भोलेनाथ से रक्षा मांगने कैलाश जा पहुंचे देवताओं ने शिवजी से कहा हे hey महादेव राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका है उन्होंने हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया कृपा करके हमारी रक्षा करें तब भोलेनाथ ने कहा हे hey देवताओं मैं उन राक्षसों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उन्हें मुझसे ही वरदान मिला हुआ है लेकिन आपको एक उपाय बताता हूं अब अगर कोई आपको राक्षसों से मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ श्रीहरि विष्णु ही है आप सब तो जानते ही हैं समुद्र मंथन के समय जब श्री हरि ने सुंदरी रूप लेकर राक्षसों से धोखे से अमृत लेनिया तभी से राक्षस उन्हें अपना दुश्मन मानते महादेव की ये बात सुनकर देवता खुश हो गए और उसी समय श्री हरि विष्णु से मदद मांगने जा पहुंचे देवता एक सुर में बोले हे hey, मधुसूदन अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते ब्रह्मदेव के वरदान से राक्षस बहुत शक्तिशाली हो चुके वो कभी धरती तो कभी आकाश में घूमते रहते और जो कोई भी उनके रास्ते में आ जाता है उसे खत्म कर देते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ देते हैं, जानवरों को मारकर खा जाते हैं। हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया है भगवान आप राक्षसों को मारकर हमें इनके अत्याचारों से छुटकारा दिलाइए। अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं इसके जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं मैं इन सभी राक्षसों और उनके कुलवंश के बारे में सब कुछ जानता हूं उन्हें जो भी वरदान मिले हैं उनके बारे में भी जानता हूं इन राक्षसों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का केंद्र मैं ही हूं इसीलिए आप सभी आराम से लौट जाइए और चिंता छोड़ दीजिए मैं इन राक्षसों से जल्दी ही आपको छुटकारा दिला दूंगा स्वर्ग फिर से आपका हो जाएगा यह सुनकर देवताओं ने जैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए क्या इन तीनों राक्षसों का रावण से कोई रिश्ता था अगर हाँ तो क्या था ये जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम पर ये ओरिजिनल सीरीज रावन अ डिवोटी और अ डीमन